कंस देवकी के आठवें संतान को नहीं मार पाया जिसकी वजह से उसने आसपास पास जन्मे सभी नवजात शिशुओं को मारने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया तभी उसे ज्ञात हुआ कि नंद महाराज के यहाँ एक नन्हा बालक जन्म लिया है जो दिव्य कहा जा रहा है उसने सोचा हो न हो यही कृष्ण है और उसे मारने के लिए न जाने कितने दैत्य पिताचो को उसने भेजा जिसकी वजह ऐसी नंद महाराज और मैया यशोदा का जीवन कष्ट हो गया लेकिन अपने नंद लाला की मुस्कान को देखते हुए हर मुसीबत से लड़कर उनके प्राणों को बचाकर ऐसा लगता था उन्हें जैसे उन्होंने जग जीत लिया लेकिन उस परेशानी से कभी भी वो परेशान नहीं हुए अब मन में सवाल यह उठता है कि भगवान कृष्ण तो भगवान थे फिर उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लेकर दुनिया को क्या संदेश देना चाहते थे इस पूरी बाल लीला के पीछे सार बस इतना था की भगवान पूरी दुनिया को बताना चाहते थे की संतान की बेहतरी माँ बाप ऐसी बढ़कर कोई नहीं सोच सकता अगर आप भी कभी संकट में हो और आपको कोई सजेशन चाहिए हो ना तो माँ बाप से बेस्ट सजेशन कोई नहीं दे सकता